subscribe now and press the bell icon never miss an update anjana ho ke koi apna ho jata hai kyun dhadkan mein saanson mein aankhon mein bas <laughs> jata hai tu aa jaate ho samne is kadam pairon mein karte ho jaise bas kuch bhi samajh aaye na क्या हो गया?